शादी होने से पहले कई बार कुछ लोग अपना हाथ ज्योतिष को दिखाते हैं तो कई लोग नाम के हिसाब से अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में पूछते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने नाम के पहले अक्षर से इस बारे में पता लगा सकते हैं कि आपकी शादी किस नाम के लड़के या लड़की से हो सकती है यदि नहीं तो आज हम आपको अपनी इस खबर के जरिए एक ऐसा ही तरीका बताने जा रहा है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी शादी किस नाम के शख्स से होगी तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अक्षर से लेकिन सबसे पहले एस्ट्रोट्री को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें कहते हैं कि जिस शख्स का नाम अक्षर से शुरू होता है उसकी शादी पी आर या फिर एम नाम वालों के साथ हो सकती है इसके बाद जिन लोगों का नाम भी अक्षर से शुरू होता है उनकी शादी टी एच या फिर पी नाम वालों के साथ होने की संभावना ज्यादा होती है बात करें सी अक्षर से शुरू होने वाले नामों की तो इनकी शादी एस या फिर बी नाम वालों के साथ हो सकती है बी अक्षर ऐसी जिनके नाम की शुरुआत होती है उनकी शादी की आशंका एस जी बी नाम वालों के साथ होने की ज्यादा होती है इसके साथ ही बात करें अक्षर से शुरू होने वाले नाम की तो कहते हैं कि अक्षर के नाम वाले शख्स की शादी के ए या फिर टी नाम वालों के साथ हो सकती है एफ अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनकी शादी एस या फिर नाम वाले शख्स के साथ हो सकती है जबकि की अक्षर से जिनके नाम की शुरुआत होती है कहते हैं कि उनकी शादी पी आर या फिर नाम वालों के साथ होने की खास संभावना होती है एच अक्षर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है उनके जीवन में जी या फिर एम नाम वालों की एंट्री की आशंका होती है आय अक्षर से जिन लोगों का नाम होता है उनकी शादी क्यूँ एच वाय नाम वालों के साथ हो सकती है जिनका नाम जे अक्षर से शुरू होता है वो एस आर नाम वालों के साथ शादी के बंधन में बन सकते हैं के अक्षर से जिन शख्स का नाम शुरू होता है वो पी एस या फिर बी नाम वालों के साथ शादी कर सकते हैं जिनका नाम राशिफल के हिसाब से एल अक्षर से शुरू होता है उनकी शादी एच सी या फिर वी नाम वालों के साथ हो सकती है साथ ही एम अक्षर से जिनके नाम की शुरुआत होती है उनकी शादी की संभावना M, K, नाम साथ ज्यादा होती है एन अक्षर के नाम वालों की शादी आई एस टी नाम वालों के साथ हो सकती है ओ अक्षर से जिनका नाम होता है उनकी शादी टी एफ आई नाम वालों के साथ हो सकती है पी अक्षर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है उनकी शादी ए एस टी नाम वालों के साथ हो सकती है जिनका नाम क्यू अक्षर से होता है उनकी शादी की संभावना एस एच एफ नाम वालों के साथ होती है जिन लोगों का नाम राशिफल के अनुसार आर अक्षर से शुरू होता है उन लोगों की शादी जी एम टी नाम वालों के साथ हो सकती है इसके साथ ही जिन शख्स का नाम राशि के अनुसार एस अक्षर से शुरू होता है उनकी शादी पी ए या फिर आर नाम वालों के साथ हो सकती है इसके अलावा जिनके नाम का पहला अक्षर टी होता है उनकी शादी भी एन सी नाम वालों के साथ हो सकती है जिन लोगों का नाम अक्षर से शुरू होता है उनकी शादी ज्यादातर जी सी टी आई नाम वालों के साथ होती है जिन लोगों का नाम भी अक्षर से शुरू होता है ऐसे नाम के लोगों की शादी भी ए या फिर नाम वालों के साथ हो सकती है इसके साथ ही जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर W से शुरू होता है ऐसे शख्स की शादी के B या फिर C नाम वालों के साथ हो सकती है इतना ही नहीं जिन लोगों के नाम की शुरुआत में एक अक्षर होता है उनकी शादी की ज्यादा संभावना जी एस या फिर D नाम वालों के साथ होने की होती है इसके साथ ही बात करें अक्षर के नाम वालों की तो ऐसे शख्स की शादी या तो नाम के शख्स ऐसी होती है या फिर टी ए नाम वालों के साथ हो सकती है इसलिए आखिरी नंबर पर बात करते हैं ज़ अक्षर से शुरू होने वाले नामों की ऐसे नाम के लोगों की शादी एस नाम वालों से होती है या फिर एफ एच नाम के शख्स से होने की संभावना होती है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में